तो हेलो गाइस कैसे हो आप लोग उम्मीद करते हैं, अच्छे होंगे तो हम अभी खा रहे हैं चना और ये देख सकते हैं है चना और ये है पिस्सा जो हम लोग खाएँगे अभी फिर इसका बाद में फिर थोड़ा सा रोटी तो हमारा ये डाइट है हम अभी ये खाएंगे फिर उसका बाद में थोड़ा सा चाट चाटों रोटी खाएंगे तो में चलो रोटी दिखाती है आपको बना है कि नहीं बना है आज तो हम तो चना खाए हैं अभी देख रहे हैं भाई कि नहीं भाई नहीं है रोटी बनानी है आज तो उम्मीद करेंगे कि कल हम बनाएंगे और हम खाएँगे तो मिलते हैं भाई हम आपको बाद में